के सभी के इनकी आपको लग सकती है। खेले अपनी जिम्मेवारी पर खेले गाइज वेलकम बैक माय न्यू ट्रेडिंग वीडियोस गाइस आज की वीडियो में लाइव आपको अर्निंग करके दिखाने वाला हूँ वो भी गाइज़ एक एंडिकेटर को एक्टिव करके एक्चुअली यहाँ पे सात हज़ार रुपीज़ की मैंने दो ट्रेडिंग की है और वीडियो में यहाँ से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको नॉलेज है ट्रेडिंग की तो आप जो है किसी भी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपको नॉलेज नहीं है आप कुछ भी एक्टिव करना कुछ भी एंडिकेटर यूज़ करना आप ऊट ट्रेडिंग करोगे और जिसकी वजह से आपको लॉस होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो पच्चीस हज़ार जो मेरे अकाउंट में ऐड हो चुके हैं और यहां पे मैंने प्रॉफिट कर लिया है लगभग आप देखेंगे ग्यारह हजार रुपीज के समथिंग जो है मैंने कर लिया है तो चलिए गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ उस एंडिकेटर के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इजी है ट्रेडिंग के रिलेटेड देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे सिर्फ़ एक एंडिकेटर का यूज़ करेंगे इस वाले का ठीक है इसे जो है हम इस तरीके से ओपन करते हैं और यहाँ पर छब्बीस के बजाय हम तीस कर देते हैं और इस तरीके से इसे हम अप्लाई कर देते हैं बहुत ज़्यादा ईज़ी है मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर जो है एक्चुअली मैं आपको अमाउंट घटा के दिखाना चाहूँगा ठीक है यहाँ पे हम आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा ठीक है अगर आप उसे समझ जाते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा और इजी भी रहेगा ट्रेडिंग करना का मैं आपको बता दूँ देखिए यहाँ पे एक्चुअली हमें ट्रेडिंग कहाँ पर करनी है जब रेड डाउन की तरफ जाए ठीक है और यहाँ पर अगर रेड मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है प्लस यहाँ पर भी रेड है ऊपर की तरफ रेड़ हो और यहाँ पे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ठीक है जैसा कि ये रेड जो है लाइन आपको दिख रही है और ये रेड़ जो है नीचे की तरफ आती है इस लाइन को टच करेगी और यहाँ पे रेड़ ही कैंडल्स हो और यहाँ पे नीचे की तरफ रहे तो ज़्यादा बेहतर है गाइस ज़्यादा बेहतर का मतलब आप समझ सकते हो यानी कि आपको इससे इससे और इससे तीनों से मिल रहे हैं अगर आपको तीन की बजाय दो जगह से मिल रहे हैं यहाँ पर रेड़ है और यहाँ पे ये रेड लाइन जो है इसे टच कर रही है तो आप बेफिक्र होकर ट्रेडिंग कर सकते हो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा गाइस मैं आपको बता दूं हम ऊपर की तरफ गाइस कब करेंगे देखिए यहाँ पे ये येलो ठीक है येलो की बात कर रहा हूँ ये पहले जाएगी येलो अगर ऊपर की तरफ जाती है और प्लस जो है यहाँ पर ग्रीन मिलता है और प्लस यहाँ पर ग्रीन मिलता है तो रिजल्ट गाइस आपको अच्छा मिलेगा देखिए ये रेड अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं इस लाइन से टच होने वाली है लेकिन यहाँ पे कैंडल्स क्या है गाइस यहाँ पे ग्रीन है तो इसके लिए क्या करेंगे हम थोड़ा वेट करेंगे वेट के लिए गाइस हमें थोड़ा टाइम लग सकता है पाँच मिनट का दस मिनट का एक घंटे का तो किसी और करेंसी पर मैं आपको ले कर यहाँ चलना चाहूँगा और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ठीक है यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर है बहुत ही ज्यादा जो है डिफरेंट है और ये आप देखेंगे येलो ग्रीन ग्रीन और येलो ठीक है तीनों ने और ये फाइनली आप देख सकते हो प्रोफिट हो चुका है क्योंकि हमने इसको फॉलो किया था और ये यहाँ पे था ठीक है अब जो है इसमें अगर आप देखेंगे आपको क्या मिल रहा है इस यहाँ पे ग्रीन ठीक है यहाँ पे रेड और यहाँ पे रेड तो अब हम ट्रेडिंग ऊपर की तरफ नहीं ले सकते ट्रेडिंग हम यहाँ पे आप देखेंगे ये टच जो है रेड इसको कर रही है ठीक है तो यानी के यहाँ पे रेड़ और यहाँ पे रेड लेकिन ये रेड़ ऊपर की तरफ है रेड नीचे की तरफ आना चाहिए था ठीक है जब ज्यादा बेहतर रहता